ne मेरी चैन परे ना दिन कट जाए मेरी ना ना कटे मेरे दिल के लेके ले महल के बहुतों प्यार